ए, ए, मुन्ना लगला बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का don't do anything stupid where you fucking go sale ko bomb se uda dunga ek baar hath mein aa jaye to oh are tum to bade heavy driver ho bhai ye sab kya dekhna pad raha hai रुक तेरे को बता रुकते रुको बया चल चलिए चल चलिए अबे किधर है बे? 啊呀啊<音><不厉害音><音> तम बाय टाटा गुड बाय गया